मैं अंसारी फरजाना मेड इन इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं उम्मीद है आप सब तंदुरुस्त होंगे मेड इन इंडिया को इंडिया की दुकान को अब आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जाके फॉलो ज़रूर कीजिएगा मेड इन इंडिया को इंडिया की बनाई हुई चीज़ों को अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब के बाजू में जो घटने का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको हम हर बार मिलते रहें हमारे हर एक वीडियो में आपको मेड इन इंडिया के ही अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे आज मैं आपके लिए बहुत ही एंटीक यूनिक कलेक्शन लेकर आई हूँ लिमिटेड स्टॉक है ये आइटम सिर्फ आपको हमारे पास मिलेगा ये पीतल की है पीतल की सुनमेदानी है देखिए मैं आपको खोल के दिखा दूँ इसके अंदर सरमा भरते हैं ये आँखों से ऐसे लगाते हैं ये देखिए राउंड शेप की है ये हार्ड शेप की है ये रेक्टेंगुलर शेप की है ये तीनों का जो प्राइस है वो सेम है सेवन सेवेंटी लिमिटेड स्टॉक है पीतल की सुरमेदानी है कोई साइड इफेक्ट नहीं है हर एक सुरमेदानी के साथ आपको तीन पाँच परेली स्पेशल सुरमे के पैकेट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं लिमिटेड स्टॉक है जल्दी ऑर्डर कीजिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप अमेजोन से भी ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं और स्क्रीन पे जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं लिमिटेड स्टॉक है जल्दी ऑर्डर कीजिए